हाँ जोहार आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नागपुरी नागपुरी में स्टार्ट करेंगे हम लोग संज्ञा से संज्ञा से इसलिए भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगर हम पीछे जाएंगे वन वन विचार या वाक्य विचार में तो उसमें अबुलझने का चांस है तो ऐसा कर लेते हैं कि जो पहले से हम लोग जानते आ रहे हैं संज्ञा सोना भी वगैरह ये जान लेते हैं उसमें हम लोग पीछे चलेंगे ताकि चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हों तो स्टार्ट करें हम लोग संज्ञा से संज्ञा से तो संज्ञा का मतलब क्या है एक और समझिए ये हम हिंदी में बात करेंगे अब नागपुर में भी लिखेंगे अब जब नागपुर में लिखेंगे तो आपको बताते चलेंगे कि ये भाई नागपुरी में हम लिख रहे हैं तो संज्ञा का मतलब होता है कि कोई भी नाम कोई भी नाम दुनिया का कोई भी नाम, हालांकि नागपुरी में इसको नाव बोलते नाव का नाम है तुम्हारा नाव गाँव में जाते हैं तो बोलते हैं नाव तो किसी भी तरह का नाम को संज्ञा बोलेंगे किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ अगर दुनिया में किसी जगह का नाम आपने दे दिया तो वो संज्ञा हो जाएगा बस एक क्लियर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं सर तो संज्ञा किसी व्यक्ति व्यक्ति वस्तु वस्तु को हम लोग नागपुरी में जीनीस लिखते हैं जीनीस स्थान स्थान को ठाव लिखते हैं ठाव भाव आदि के नाम को नाम को संज्ञा कहते हैं या नाम लिख रहे हिंदी बोल रहे हैं लिख रहे हैं नागपुर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है व्यक्ति जीनीस भाव आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं संज्ञा बोलते हैं ठीक है ओके तो अब आइए संज्ञा का प्रकार कहीं फंसाने रहे बिल्कुल आगे चल रहे डिटेल में हम देखिये शुरुआत एकदम जीरो स्टार्ट कर रहे हैं ये करीब क्लास के अंत होते होते बहुत हाई हो जाएगा तो बिल्कुल एकदम दिमाग में सटा के रखिए कि एकदम स्टार्ट जीरो से किए हैं अब चलेगा ऊपर तक यहाँ से करेंगे वहाँ तक चला जाएगा ओके तो व्यक्ति जिनी ठाव भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग संज्ञा बोलते हैं ठीक है अब संज्ञा का प्रकार आई है तो संज्ञा का प्रकार बेसिकली पांच ही है हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जाति समूहवाचक भाववाचक द्रा जो भी पढ़ते हैं हम लोग पाँच प्रकार के वो पाँच के ही पाँचों ही रहेंगे बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है लोग है ना जैसे नागपुरी में बोलिएगा तो संज्ञा के संज्ञा जो है वो तीन प्रकार से चेक किया जाता है यानी संज्ञा के तीन प्रकार इसमें बताया गया है संज्ञा को तीन प्रकार से डिवाइड किया हुआ है जैसे संज्ञा को अगर हम लोग ये करें कि संज्ञा कितने प्रकार हैं सर तो संज्ञा के प्रकार करने के लिए हम लोग पहले अर्थ के अर्थ के अनुसार चल, चल, चलेंगे अर्थ के अनुसार अनुसार दूसरा आएगा गिनती और बेगिनती के अनुसार आधार पर और तीसरा है जीवधारी और और और और बेजीवधारी। ये तीन पर तीन, आधार पे में जो है, उसको तीन तीन आधार आधार पे पे में जो है है उसको किया गया है कि आ, आगे तो ये अर्थ के आधार पर क्या हुआ अर्थ से जो हमारा पांच गो है ना जाति वाचक संज्ञा स्टार्ट करते व्यक्ति वाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा इधर जातिवाचक इधर भाववाचक इधर समूह लिखता हूँ समूह वाचक द्रव्यवाचक और इधर, इधर भाववाचक ये जो पांचों है इसी को अर्थ के आधार पर बोला जाता है अगर इसको डिटेल में और चाहिएगा तो जैसे पता है सभी को कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे किसको किस है तो व्यक्तिगत तो एक बात सुने आप सुने ना पर्सनल तो कोई भी व्यक्ति अगर मान के चलिए कोई भी चीज जो खास एक एक चीज़ का बोध कराएगा वह वा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा इसमें कोई वस्तु भी हो सकता है जिन्हें से बोल सकते हैं इसको वस्तु हो गया स्थान हो गया है ना कोई कोई प्राणी हो गया ऐसे कोई भी चीज़ तो वो व्यक्तिगत वाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी जैसे वस्तु अगर बोलेंगे जैसे मार्कर में बोलोगी मार्कर तो मार्कर तो एक इसका नाम होगा हाँ एल्कोस मार्कर सही मार्कर है तो इस कंपनी का नाम है वो इल्कोस है ना तो इल्कोस मार्कर है ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा अस्थान में की बात करें अगर हम अभी रांची में हैं तो रांची अगर है अभी तो ये रांची क्या हो जाएगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा प्राणी में मेरा नाम है ये इसके तो हम ये इसके अगर बात करें तो वो हो जाएगा क्या होगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा ठीक है अब ये जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा में इसको जानने के लिए आप कुछ समझ होगा जैसे मैं अगर बात करूँ रांची इसकी बात कह रहा हूँ रांची की अगर बात करूँ तो रांची एक शहर है ठीक है शहर में एक स्पेशल शहर है है ना खास शहर ठीक है लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह हैं बहुत सारे रांची हो दिल्ली हो पटना हो गया कहीं भी है बहुत सारे तो ये जो शहर है शहर है शहर एक किसमें आ जाएगा संयम आ जाएगा। क्यों क्योंकि जो शहर का देश पता चल रहा है कि इस तरह के जितने भी हैं तो मतलब जो जगह है उनको शहर बोला जाएगा ठीक है मान लीजिए मेरा इसके है तो हम क्या हाँ आदमी है है न भाई तो आदमी बोल देने से मेरे ऐसा कितने इसमें शामिल हो जाएंगे है ना तो मेरे से जितने सभी लोग शामिल हो जाएंगे तो हो जाएगा जातिवाचन संज्ञा समझे तो जातिवाचन संज्ञा में क्या होता है कि किसी बोध होता है। बोध या प्राणी का बोध होगा है ना तो वो हो जाएगा जातिवाचन संज्ञा आइए आते हैं समूह आचार संज्ञा में समूह आचार संज्ञा में इसको आप इसको जोड़ देखिए प्रोफेशन से प्रोफेशन मतलब कोई काम धंधा से जोड़ के देखियेगा तो पता चलेगा कि कोई भी समूह जो स्पेशल कोई काम करने के लिए बनाया जाता है उसको समूह आचक संज्ञा बोलते हैं जैसे स्कूल है विद्यालय है वर्ग है वर्ग में क्या होता है तो वर्ग में, वर्ग में बच्चे का भीड़ होता है बच्चे होते हैं वो क्या होता है तो स्पेशल क्लास को पढ़ने के लिए बनाया गया है तो हो जाएगा आपका क्या समूहाचक संज्ञा तो आगे फिर इसको देखेंगे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में इसको थोड़ा समझिए डिटेल में द्रव्य एक द्रव्य होता है होता है तो द्रव आई द्रव में थोड़ा अंतर है क्लियर समझिएगा द्रव में अंतर ये इसका मतलब तरल होता है कोई भी पानी वाला पंचोर चीज तरल जो होता है वो मतलब उसको तरल ही बोलते हैं तो जैसे पानी हो गया और द्रव्य का मतलब हो गया कोई ऐसे चीज़ें जिसको हम लोग माप तोड़ सकते हैं जो तो मटेरियल बोलते हैं कोई भी मटेरियल कोई भी चीज़ें जिसको हम लोग नाप मापते हैं मापते हैं या तोड़ते हैं तो उसको क्या बोले हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं ठीक है तो द्रववाचक संज्ञा समझ में आ गया कि माल के घी, घी को हम लोग हैं, तोलते हैं ना, तो हो गया हमारा क्या हो गया? कि हो गया गया, कि संज्ञा आगे आइए, इसको ज्यादा कम्प्लीट क्योंकि ये बार बार आने वाला है तो उसको हम लोग एकदम बिल्कुल प्लेन निकाल रहे हैं अभी फिलहाल आगे आइए फिर आइए हमारा क्या हो गया भावाचक संज्ञा इसमें ये भाववाचक संज्ञा कहाख्या इसको जानिए थोड़ा ये क्योंकि इसी प्रश्न सारे प्रश्न इसी से आते हैं लगभग लगभग नाइनटी परसेंट प्रश्न इसी से आएगा कि भाई बताइए इसका भाववाचार संख्या क्या होगा तो कुछ लोग भाव आचार्य संज्ञा पर विशेषण बनाया जाता है ना, ना? तो इसका भाव संख्या क्या हो हो जाएगा बुढ़ारी हो जाएगा बुढ़ापा ऐसे तो कुछ लोग क्या होता है जैसे मान के चलिए जैसे आदमी है तो इसी से अगर बनाने के लिए बोलेगा कि भावाचन संज्ञा बनाइए तो हम वहाँ पर फांस जाता लो तो अभी इसको डिटेल समझेंगे लेकिन इस सम पर इस भावाच संज्ञा पर एक अलग क्लास बनाएंगे जरूरत पड़ेगा क्योंकि उसमें क्या है ना कि उसमें जो तो भावाच संज्ञा होता है जातिवाद संज्ञा से व्यक्तिवाद संज्ञा से स्वर्णाम से विशेषण से और भी विकारी अभिकारी सब्जे उससे बनता है तो वो उसके लिए स्पेशल क्लास चलेगी फिलहाल समझ लेते भावाचन संज्ञा कहते किसको है तो भावाचन संख्या कहते हैं इसको है कि अगर किसी भी वस्तु की अगर कोई शब्द से अगर उसकी अवस्था पता चले अवस्था पता चले जैसे अवस्था में हो गया जैसे बुढ़ापा अवस्था हो गया है ना बचपना बचपन है ना अवस्था पता चल गया उसका गुण दोष पता चल गया गुण दोष गुण लिखा गुड़ी वाला गुणी वाला गुण ये पता चल जाए फिर उसके अंदर में जो अंदर की भावनाएं वो पता चल जाए लक्षण पता चल जाए तो क्या हो जाएगा वो भावाचार संज्ञा हो जाएगा जैसे मैंने बताया था कि एक मीठा है मीठा चीनी चीनी है एक चीनी है ठीक है सर चीनी चीनी क्या है ये संज्ञा है संज्ञा है ये जो मीठा चीनी है यहाँ ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे चीनी मीठे मीठा चीनी तो चीनी का जो क्वालिफाई कर रहा है मीठा है तो मीठा एक तरह से विशेषण हो गया क्योंकि किसकी विशेषता बतला रहा है वो विशेषण विशेषण ऐसे लिखते थे वी बी से सना ये ना पूरी वाला विशेषण हो गया है तो इसका जो ये जो चीनी है चीनी का संज्ञा है संज्ञा के बारे में मीठा बता रहा है यानी ये क्या हो गया विशेषण लेकिन इसकी में जो भाव जो संज्ञा छुपा हुआ है वह है इसका मिठास अगर मिठास कोई चीज़ है तो उसके अंदर में क्या चीज़ छुपा हुआ जी भावना उसका लक्षण क्या है तो मिठास है उसमें मिठास उसका अलग से ना उसका जो मिठास है वही आपका भाव से समझिएगा ठीक है तो अब समझ में आ गया आपको तो तो आसानी समझ में आने वाला है सारा चीजी ही है थोड़ा सा लोग ध्यान नहीं दे पाते गिनती और बेगिनती अंग्रेजी में एक शब्द है काउंटेबल काउंटेबल और दूसरा है काउंटेबल मतलब काउंटेबल बंदा जिसको गिन सकते हैं और जिसको नहीं गिन सकते हैं नहीं गिन सकते यही यही चीज है दोनों काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन यही दो को है जो गिनती वाला और बेगिनती वाला और पाँचो पाँचो वारे वारे भाँचा, भाँचा, अब एक चीज़ समझिए जो हो हमारे पास जो पांचो है पांचो जो संज्ञा का प्रकार था जातिवाचा व्यक्तिवाचा भाववाचा समझद्रवाचा इसे आप सोच सकते हैं कि इसमें किस किस गिन सकते हैं तो यहाँ अगर आप देखते हैं गिनती वाला में तो अगर कोई किसी आदमी का नाम पकड़ेंगे मान लीजिए रामे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया उसको गिन रहे हैं कि भाई राम आया है फला आया चिल्ला आया है इसे करके गिन सकते हैं है ना? और जातिवाचक भी गिन सकते हैं कि भाई बताइए तो कि इस धरती पर कितने प्रकार कितने जातियाँ हैं जो कि प्रकृति जुड़ा हुआ है तो नदी बोल दीजिएगा पहाड़ बोल दीजिएगा जो भी बोलना बोल रहा बोल दीजिएगा जातिवाचक अब समूहवाचक समूह जैसे मान के चलिए कहीं मैच क्रिकेट मैच होता है तो बोलते कितना टीम भाग लिया भाई तो हमें देख रहे हैं कि जिसकी को गिन सकते हैं और बाकी जो दो बच गया जो बाकी दो बच गए कौन कौन बच गए दो भी तो, तो द्रव्यवाचक और भाववाचक दोनों को नहीं गिन सकते हैं जैसे मान लेकर मिठास है तो मिठास को थोड़े हम लोग गिन सकते हैं कभी नहीं गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं बूढ़ारी को गिन सकते हैं कि बूढ़ारी चढ़ गया भाई तो किलो चढ़ गया एक दो नहीं उसकी एक अवस्था है ऊपर चल रहा है तो उसको नहीं गिन सकते हम लोग उसी प्रकार से द्रव जैसे मान चलिए चावल है चावल को नहीं गिर सकते चावल को माप सकते माप के बोलेंगे कि पांच किलो के दस किलो है ना तो यह समझिए गिनती में व्यक्तिवाचक जातिवाचक समूहवाचक मेंचकिन में द्रववाचक भाववाचक आ जाएंगे आगे आइए उसी प्रकार से एक अगला प्रकार है जीवधारी और बेजूधारी तो क्लियर समझने की जरूरत है जीवधारी और बेजूधारी क्या होगा तो जीवधारी मतलब जिसमें जान है बेजूधारी मतलब जिसमें जान नहीं है उसको वही हो गया जीवधारी जिसमें जान है प्राण है प्राणे से लिखता हूँ ये बोला पुरान ये परान, परान लिखेगा प्राण ये हो गया नागपुरी मतलब देखिए बचपन में जि, जितना हम लोग नहीं चीज जानते हैं तो वही नागपुरी एक तरह से मान लीजिए लिखने में प्राण जिसमें जान नहीं है जैसे प्राण नहीं है वो हो जाएगा बेजुधारी जैसे मान लीजिए आदमी आदमी लिखते इसमें तो क्या जाएगा जीवधारी हो जाएगा बेजुधारी तो क्या हो सकता है बताइए जोधारी हो सकता है हमारा मान लीजिए मार्कर हैं मार्कर बोर्ड हो गया इस समय जान तो है नहीं तो ये हो जा रहा है बेजुधारी कुर्सी हो गया कुर्सी ये हो गया क्या हो गया बेजुधारी ओके ठीक है अब लेकिन ये इतने चीजों को आपको समझ में आ गया ठीक है लेकिन क्वेश्चन कैसे करेगा क्वेश्चन ये करेगा जैसे मान के चलिए जैसे आदमी है आदमी है तो इसमें दे, दे आदमी है ऐसे डॉट ऑट करके यहाँ लिख देगा ऐसे जाति वाचक संज्ञा वाचक संज्ञा अलग सो रहेगा बेजीवधारी ऐसे इसी में रहेगा फिर पे रहे नंबर टू व्यक्ति वाचक संज्ञा और ये जीवधारी जीवधारी, जीवधारी ऐसे तो ठीक इसको मारेंगे देखिए हमको जानना है कि भाई क्वेश्चन जो है उसको कैसे हम लोग क्लियर करेंगे तो अगर जीवधारी और बेजुधारी बारे में जानेंगे गिनती और बेगिनती वाले के बारे में नहीं जानेंगे तो भी नहीं जान पाएंगे आगे इसको और डिटेल में जानेगा जैसे और बता रहे हैं ध्यान समझिए इसको और डिटेल में जानेगा खाली इसमें क्या है ना कि सबको नाम जानना बहुत जरूरी है है ना जैसे आ, जैसे रांची के बारे में बात कर लेते हैं रांची के बारे में रांची है, है ओके अब रांची के बारे में पूछेगा कि भाई बताइए कैसा संज्ञा है तो ये बोलेगा क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए देखिये मतलब बता स्थान स्थान है ना भाई तो मनक नाम करके व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या है राज्य तो इसको समझना हुआ तो इसीलिए जो आ, ये है ना नागपुरी नागपुरी में हालांकि तीन ही संज्ञा को लिया गया है है ना जैसे जाति वाचक हो गया व्यक्तिवाचक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरा क्या हो गया मिटा लेते हैं थोड़ा जैसे भी लास्ट में बताया कि ठाव मानक ये सब तो कहाँ से आ गया तो नागपुर में भी तीन ही चीज को स्टैंडरलाइज किया है जब तो शुरू में हम लोग जो बात किए थे कि संज्ञा का ऐसे पांच ही भेद है लेकिन उसको अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीका से रखा गया है तो ये देखिएगा तो नागपुर में भी तीन ही प्रकार की संज्ञा है कि पहला नंबर हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक दूसरा हो गया जातिवाचक तीसरा क्या हो जाएगा भाव ठीक है तो हम और आप जातिवाद इसमें जो बहुत सारे प्रकार हैं जैसे नंबर वन आदमी मनक हो जाएगा आदमी मनक मतलब आदमी जात से जुड़ा हुआ ठीक है नंबर टू हो जाएगा जीव जंतु मनक जीव जंतु से जुड़ा हुआ तीसरा वजह का वस्तु मनक अब सोचिए देखिए मिला के और चौथा हो जाएगा हमारा जो भी बताया था राची रांची मनक ठीक है में में अब वाचक में आएगा, तो जातिवाचक में दो संज्ञा इसमें और अलग से हो जाएंगे देखिए तीन तहसी वन टू थ्री तहसी हो गए दो और कहा गए तो दो इसमें आ जाएंगे तो इसमें दो कौन कौन आ जाएंगे इसमें एक समूह आ जाएगा समूहवाचक और दूसरा कहा जा रहा जाएगा, ध्यान एक नंबर दो नंबर ये लोग क्लियर कर रहे हैं और भाव आचार संज्ञा तो भाव आचार संख्या ये है अब मान लीजिए आदमी मनक आदमी मानक कोई संज्ञा का नाम बताइए तो किसी का नाम धर लेंगे मान लीजिए रवि नाम धर लेंगे तो भाई आदमी मनक है आदमी है भाई जीव मानक मान लीजिए तो कोई भी चिड़ई बोल दीजिए चिड़ई कौन सा चिरे बोलेंगे सुगा बोल देंगे वो लोग सुगा है ना वस्तु मना तो हमारा मार्कर हो गया है ना कुर्सी बोल देंगे कुर्सी अभी तो रांची बोले थे ना भाई रांची हो जाएगा है कि नहीं उसी प्रकार से समूह मना तो समूह थाक था नहीं बोलता है घोघड़ा घोड़ा ये भी जाति है तो गोहरा किस जाति का नाम है तो मोहसी जाति का थाक मने तो भीड़, भीड़ भीड़ हो गया आदमी सबका भीड़ जमल है तो उसे भी था बोलेंगे ठीक है उसी प्रकार से आ गया द्रव मनक तो द्रव द्रव्य द्रव में क्या हो जाएगा कांसा एक जाति हो गया कांसा पीतर है ना ये जाति हो गया है ना तो देख रहे हम लोग कि जातिवाचक संज्ञा का दो और भाग हो गए है ना और वैसे भी तो एक दो तीन तेरह यहाँ ही थे पांच और पाँच ही था हम शुरू में आपको बताए थे कि कैसे भी कीजिएगा पांचों को पढ़ नहीं पढ़ना है है ना वित्तीयवाचक जातिवाचक समूहवाचक द्रवाचक भावाचक जो पढ़ना है वो पढ़ना ही पढ़ना है ओके और भावाचित संज्ञा में तो आपको पता ही भावाचार संख्या में बताया था इसका अकेला अलग अलग ही है इसका पाचन है कोई चीज़ अगर मीठा है तो उसके अंदर जो मिठास निकल के आएगी आना, आना, अद्मी है ना है ना अगर मान लीजिए कोई आदमी है आदमी है तो उसमें अदमियत का लक्षण झलकना चाहिए अदमियत झलकना चाहिए है ना मान लीजिए बूढ़ा कोई व्यक्ति है है ना बूढ़ा व्यक्ति है तो ये बूढ़ा बूढ़ाई बुढ़ापा बूढ़ापा या बूढ़ारी जो भी बोलते हैं ये निकल कर सामने आगा, ही आ ठीक है तो यही था आज का क्लास और कल बात करेंगे इसके बारे में आ, जो अगले क्लास होगा उसमें बात करेंगे भाव संज्ञा कैसे बनता है किस किस चीज़ से बनता है और कैसे कैसे बनता है अधिकांश लोग जो मतलब जो दिक्कत में होते हैं वो हमेशा जो विशेषण होता है उससे और ये भाव आत्सं दोनों में कैसे हो जाता है तो वो भाव आचा कोई विशेषण बोलेगा विशेषण कोई भावच्ञा बोलेगा तो क्लियर समझना होगा कि भाई दोनों में अंतर क्या है और तब जा करके हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं तो एग्जाम में आ जाएगा भाव बनाने के लिए तो बना दीजिएगा ऐसा जैसे चीनी अगर बोले चीनी को बोलेगा चीनी को बोलेगा कोई कि भाई इसका भावचंगे बनाएगा तब बोले मीठा बोल दीजिएगा लेकिन मीठा तो मीठा तो विश्लेषण है है हाँ ना मीठा चीनी इसका मिठास जो है वो इसका ये है भावचार संघ ठीक है ठीके? तो आगे इसके बारे में बात करें हॉली डिटेल में तो तब तो तक तो तो बने रहिएगा धन्यवाद अगला वीडियो मिलते हैं